तो दोस्तों क्या आपका मोनिटाइज ऑप्शन शो नहीं हो रहा है वाई स्टूडियो पर तो क्या करें सबसे पहले लाइक like करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मोनिटाइज ऑप्शन को शो करने के लिए वाई स्टूडियो को प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए